आज हम लोग बहुत ज़्यादा लेट उठे हैं क्योंकि आपको पता था मतलब पता है कि कल मेहंदी था तो हमने बहुत मस्ती की और आज दीदी की हल्दी और आप बुआ को जानते हैं बुआ गुड मॉर्निंग बोलो गुड मॉर्निंग तो अब हम लोग आपसे तैयार होने के बाद मिलते हैं ये रहा मेरा हल्दी लुक और आज दीदी की हल्दी है तो आपसे दीदी की हल्दी भी मिलते हैं पार्टी फंक्शन भी मिलते हैं बहुत काम है जा रही हूँ काम करने बाय बाय ठीक है सिंगापुर <laughs> <laughs> दोस्त ये नहीं देखो से बात कर लो कर दो लोलो चिप्स, मगा लो। चिप्स। दो आ? तो अभी हल्दी हल्दी की रस्म खत्म हो चुकी है और अब तैयारी हो रही है इंगेजमेंट की तो आपको आपसे मतलब इंगेजमेंट के टाइम लगता है तो फाइनली जा रहे क्योंकि मैं दिखा नहीं पा रही हूं आप लोग समझ जाएगा क्या है का फोटो शूट हो रहा था सब बहुत से बहुत सेटल अच्छे से हुआ गाइस तो अभी बज रहे हैं रात के दो और सबका हालत ऐसा बना हुआ है हाँ, तो अब आए हम लोग और अब आराम करते हैं ये ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं गुड नाइट बाय बाय और दीदी के लिए बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है कल उनकी शादी भी है बहुत अजीब सा भी लग रहा है कि दीदी भी चली जाएंगी बट अच्छी बात है जीजा जी को लेके फिर आएंगी बाय बाय गुड नाइट